ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते जय तम देवी चामुंडे जय भूतारति हरणी जय सर्वगते देवी कालदात्रि नमोस्तुते दर्शकों जय माता दी आज दो अक्टूबर गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है तो आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं दर्शकों दो अक्टूबर का दैनिक राशिफल मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ नया लेकर के आया है आज के दिन क्या क्या घटनाएं आप लोगों के साथ घटित होंगी इस पर हम चर्चा करेंगे साथ ही साथ दर्शकों दिन को शुभ बनाने के लिए प्रभावी उपाय भी बताएंगे लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अट्ठारह और उन्नीस अक्टूबर को दिल्ली में हम रहेंगे तो जो दर्शक दिल्ली से हैं हमसे मिल के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं चलिए पंचांग पर दशकों चलते हैं तो विक्रम संपत्त दो हज़ार छिहत्तर सप्त और आज शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी प्रधावी नामक संवत्सर चल रहा है सूर्योदय होगा प्रातः छः बजकर तीन मिनट पर और सूर्यास्त होगा शाम को पाँच बजकर अड़तालीस मिनट पर नक्षत्र रहेगा विशाखा इसके उपरांत अनुराधा नक्षत्र रहे रहेगा करण रहेगा विष्टि इसके उपरांत भव और अंतिम कलर रहेगा बालो करण तिथि जो रहेगी हमने आपको बताया शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी सुबह ग्यारह मिनट तक की इसके उपरांत पश्चिमी तिथि लग जाएगी चतुर्थी तिथि को मूली या सफ़ेद तिल का सेवन नहीं करना चाहिए इससे आपको धन हानि होती है और पंचमी तिथि जो होती है पंचमी तिथि को बेल का फल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए इससे होता क्या है आपके ऊपर कलंक लगता है तो इन चीजों की मनाही शास्त्रों में बताई गई है योग रहेगा दर्शकों प्रीति योग है दो बजकर पचपन मिनट तक की इस उपरांत आयुष्मान योग रहेगा बुधवार दिन रहेगा दर्शकों और चंद्रदेव जो आज चलायमान रहेंगे सुबह सात मिनट तक की राशि में रहेंगे इसके उपरांत अपनी नीचे राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे सूर्यदेव कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं राहु काल की यदि हम बात करें राहु काल में आप लोग शुभ कार्यों को मत करिएगा तो राहु काल जो है बुधवार के दिन का रहेगा ये रहेगा सुबह ग्यारह बजकर छप्पन मिनट से एक बजकर चौबीस मिनट तक की कहीं कहीं बारह से 1.30 बजे तक की लिखा रहता है लेकिन देखिए ये पंचांग लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके बनाया गया है इसलिए ग्यारह बजकर छप्पन मिनट से एक मिनट तक राहुकाल रहेगा बुधवार को उत्तर दिशा की ओर दिशा होता है उत्तर दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए यदि करनी पड़ जाए तो इलायची हो गया तिल हो गया पिस्ता हो गया इसका सेवन करके पहले आप पश्चिम की सॉरी दक्षिण की तरफ आप चार पक चलिएगा उसके बाद आपको उत्तर की ओर चलना रहेगा शुभ कार्यों को करने के लिए यदि आपको जो है करना पड़ जाए तो किस समय में करेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि आपको छः मिनट से लेकर के शाम को और 7 बजे के बीच में आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं एक मुहूर्त आपको और बता रहे हैं एक बजकर तिरपन मिनट से दो बजकर 40 मिनट तक का विजय मुहूर्त है इस दौरान भी आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं तो दर्शकों ये तो था देखिए हमारा पंचांग हमारा राशिफल मेष से लेकर के मीन राशि के लिए क्या कुछ कहता है चलिए इस पर हम दृष्टि डाल लेते हैं तो मे तुला राशि तो आज बिजनेस के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्राओं के लिए तैयार रहिएगा आज आपका दिन मिला रहेगा आज किसी से बात करते समय आपको विनम्र स्वभाव रखना होगा आज जो लोग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं जो बड़े बड़े बिल्डर हैं उनके लिए बहुत अच्छे दिन होने वाले हैं उनके आज अधिकतर से लउट होंगे आज कहीं पर जो है आप लोग निवेश करते हुए प्रॉपर्टी में नज़र आ रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले वर्क प्लान को तैयार करना ज़्यादा बेहतर रहता है इससे आपको आने वाले समय में काम में मेहनत मिलेगी सेहत के मामले में आज आपका दिन थकान भरा हो सकता है आज आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव करने की जरूरत है करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि अपने मस्तक पर आज आप लोग चंदन का तिलक लगाइए और दुर्गा सप्तशती के एकादश अध्याय का पाठ करिए छोटी कन्याओं को जो 10 वर्ष से कम की कन्याएं हैं, इनको आपको कुछ मीठा खिलाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण दिशा तो दर्शकों ये तो था हमारा राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो सब्सक्राइब करिए बगल में बना आइकन दबाइए फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक कीजिए वीडियो को जमकर शेयर कीजिए दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में अक्टूबर माह का सभी राशियों का राशिफल हमारे चैनल पर पढ़ चुका है आप लोग देख सकते हैं वार्षिक राशिफल दो हजार बीस में चैनल पर पढ़ चुका है आप लोग देख सकते हैं दीजिए इजाजत मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए जय माता दी